तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज गाइस मैं बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ आपके सामने वो जानने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अज्जू भाई के फेस्टिवल के बारे में बात करने वाला हूँ जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो तो गाइज आज अज्जुबाई का फेस्ट्रीवल हो गया है वो क्लिप देखने के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फाइनली होने वाला है इंडिया फायर। अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी रे। इनको पूछ जा के कर रहा हूं मैं पहली बता रहा हूँ एक मतलब दो तीन बस हो गया ले ले। कर जाए। बात करो आप तो हेलो लोग कैसे हो उम्र में आप लोग देख रहे मेरे मेरे साथ आज भी दो, भी कमा दो दो कमा सब को कुछ नहीं बोलना। जिस बंदे से मैं रोज बात रहा हूँ गर्म होता है तो भाई देखू भाई का